<णटीण> देखिए अच्छा समय है, है। दीज़ी दीज़ी और इसका आप मैदा उठाइए धीरे धीरे अच्छी ऊँचाई थक जाए आपको मालिएगा नजी में किया जी के चक्कर में मैं स्टार्ट जी, उधर कैमरा बोलेंगे कुछ पर क्या रहा है? है? है? हमारे चैनल चैनल चैनल उधर मन करेगी इसमें मेरा चैनल का नाम ओके थैंक यू। सब्सक्राइब यूब एंड करें और जितना ज्यादा ज्यादा प्यार प्यार हो सके उतना दो इन्हें ताकि ये एक नई मिसाल मेरे क्लास फैमिली के लिए बना सके। और ये पापा होंगे जो संघर्ष किया है जो संघर्ष किया है वो बहुत बड़ा था और शायद अच्छे दिन अब मान बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया नंबर है और देखिए बाप नंबर